नमस्कार स्वागत अभिनंदन वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर माह का राशिफल कैसा रहेगा नवंबर माह में वृषभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी नवंबर माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ दिवस कौन से हैं और अशुभ दिवस कौन से हैं इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप लोगों से बताना चाहते हैं कि हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है तमाम दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि पंडित जी राशिफल किस पर आधारित है तो चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाचरे जन्म राशि प्रधानत्व तो नाम राशि ना चिंतें तो शास्त्र भी यही कहता है कि जब भी आप राशिफल देखिए मांगलिक कार्य करिए धार्मिक कार्य करिए धार्मिक कार अनुष्ठान करिए विवाह के समय आप लोग जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए। तो दर्शकों यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस कमेंट कीजिए यथा संभव प्रयास रहेगा कि आप लोगों को आपकी राशि हम जरूर बताएं और दर्शकों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मुंबई और पुणे से जो दर्शक हमसे मिलने के बड़े इच्छुक थे तो 16 और 17 नवम्बर को मुंबई आगमन हो रहा है तेईस और चौबीस नवम्बर को दिल्ली आगमन हो रहा है इच्छुक दर्शक आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करा लीजिए क्योंकि तमाम जो है जब जैसे जैसे दिन पास आता है तो लोग बहुत ज्यादा जो है फोन करके अपॉइंटमेंट मांगते हैं और तब फिर उनको निराशा हाथ लगती है दर्शकों वृषभ राशि के जातकों वार्षिक राशिफल 2020 हमने आप जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पर कुंडली देख लीजिए कि वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा कुछ महीने की गोचरीय व्यवस्था रहने वाली है दर्शकों चंद्रमा को यहाँ पर हमने मानक माना है चंद्रमा इसमें कहीं दर्शाए नहीं गए हैं चंद्रमा को मानक मान करके ही हमने राशिफल तैयार किया और दर्शकों हंड्रेड आप पर एकट बैठे ऐसा बिल्कुल भी कतई सत्य नहीं है हाँ वृषभ राशि के तो कुछ चीजें आपके ऊपर महीने में सटीक बैठेगी वास्तविक यदि आपको आपके जीवन में क्या चल रहा है इसके तो आपकी, आपकी राशि क्या है आपके नक्षत्र की पोजिशन क्या है आपकी महादशा में कौन सी चल रही है अंतरदशा क्या चल रही है आपकी प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है योगिनी दशा क्या चल रही है गोचर में कौन सा फल आपकी कुंडली में देगा कौन सा अशुभ फल देगा अष्टक वर्ग देखना पड़ता है तमाम चीजें देखिए दर्शकों होती है इसके बाद ही जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तो ये राशिफल है आप लोग वृक्ष राशि के हैं आप लोग देख सकते हैं इसके उपाय आप लोग कर सकते हैं तो दर्शकों देखिए राहु देव जो है तीन नंबर मिथुन राशि में है सूर्य बुद्ध और मंगल सूर्य यहाँ पर सत्रह तारीख तक की नीच के रहेंगे इसके बाद ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे फिलहाल तो सूर्य बुद्ध मंगल तुला राशि में है शुक्र वृश्चिक राशि में है गुरु धनु राशि अपने घर में आ गए हैं शनि और केतु के साथ आ गए हैं इसके अलावा दर्शकों बताना चाहेंगे चंद्रमा को हमने मानक मान करके जो है यह राशिफल तैयार किया है सत्रह तारीख के बाद से सूर्य देव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तेरह नवंबर को मंगल का तुला राशि में प्रवेश होगा बकरी बुद्ध सत्रह नवंबर को मार्गी होकर तुला राशि में भ्रमण करेंगे गुरु के बारे में हमने बता दिया कि धनुराशि में रहेंगे शुक्र इक्कीस नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शनि यथावत धनु जो है धनुराशि में भ्रमण करेंगे केतु के साथ तो इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का माह तो ये बताना चाहेंगे कि ये महाकुल मिलाकर आप हमसे एक वर्ल्ड में बात करिए तो अच्छा नहीं रहेगा सहयोगी सफलता प्राप्ति के लिए स्वप्न देखना ही बुरी बात नहीं है परंतु आप लोग हमेशा जो आ, मतलब एक दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं अपने ऊपर अति आत्मविश्वास जगाते हैं ये आप लोगों के लिए गड़बड़ है अति सर्वत्व वर्जय जीवन साथी के सहयोग ना मिलने के कारण आप लोग बहुत ज्यादा कुंठित रहेंगे व्यथित रहेंगे और आपके प्रेमी जीवन में भी नुकसान आएगा इस माह जमीन से रिलेटेड किसी मामले को लेकर के कुछ नुकसान उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो आपके सुखेश बनते हैं फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं सूर्य ये सत्रह तारीख तक नीच के रहेंगे तो सुख के साधनों में ये यहाँ पर कमी कराएंगे मन और आत्मा में अंतर्द्वंद्व की स्थिति आपके बनी रहेगी संतान के प्रति मन आपका चिंतित रहेगा आपका रुख जो है अपनों के प्रति बड़ा आक्रामक रहेगा जो नुकसानदायक सिद्ध करेगा आर्थिक पक्ष की यदि हम बात करें तो यह माह आपके लिए कष्टों से भरा रहेगा आर्थिक समस्याओं से आप लोग चूझते हुए नजर आएंगे अः सत्रह तारीख के बाद से आपको अपने प्रत्यक्ष शत्रु जो दिखाई पड़ते हैं देखिए जो सप्तम स्थान होता है कुंडली पर जहां देव बैठे हुए हैं तो ये आपके मतलब जो है जो सामने दिखाई पड़ते हैं शत्रु ये उनका स्थान होता है तो प्रत्यक्ष शत्रु आपके सामने सर उठाएंगे हिम्मत करेंगे आपकी चुंगली करेंगे आपके ऑफिस में आपके कार्यक्षेत्र में आपकी बुराई करेंगे इसके साथ साथ दर्शकों यहां पर बताना चाहेंगे सूर्य बुद्ध मंगल सूर्य यहां पर देखिए छठे भाव में जो है नीच के जो है चल रहे हैं तो यहां पर होगा क्या पेट के ऊपरी भाग से रिलेटेड जो छठा होता है ये रोग का होता है ऋण का होता है शत्रुओं का होता है उधर से ऊपरी भाग से संबंधित ये हाउस होता है तो कोई लोन आप लेंगे उसको नहीं चुका पाएंगे इसमें जिसके कारण चिंता बनी रहेगी या आपने लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका लोन नहीं पास होगा दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे कि जो है मुकदमेबाजी में आप फंस सकते हैं छठा स्थान जो होता है ये मुकदमेबाजी का होता है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे जिसके कारण मन बड़ा आपका कुंठित रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि कोई आपका गुप्त शत्रु आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस कर सकता है आपके वाणी में बहुत तीखापन आएगा लेकिन जैसे ही सूर्यदेव तारीख के बाद से राशि में जाएंगे तैसे जो है समाप्त होंगी आर्थिक अधिक आय अर्जित करेंगे किसी अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा और भाग्य वृद्धि का सुख भी रहेगा आपके वाणी में सरलता सरलता तथा स्पष्टता रहेगी राजकीय सहयोग रहेगा शासन सत्ता से आपको लाभ मिलेगा यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त तो होगी कष्टों एवं पीड़ा से इस बीच आपको छुटकारा मिलेगा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा महिलाओं के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके किसी धार्मिक क्रियाकलापों में आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं अचानक से एक से आपको आर्थिक लाभ होगा अष्टम स्थान देखिए त्रिक भाव को लोग खराब मानते हैं लेकिन जो अष्टम स्थान होता है ये अप्रत्याशित अप सफलता का होता है अप्रत्याशित अप धन लाभ का होता है इसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा वैसा आपको धन लाभ होगा महिलाओं के माध्यम से आपको लाभ होगा आपको सम्मान मिलेगा आपको कार्यों में सफलता मिलेगी दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कोई भी यदि आप बिजनेस करने जा, जा रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की सितारे पर सलाह दे रहे हैं पार्टनरशिप में यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर पर आपको ध्यान रखना होगा अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है आपकी जो क्रय शक्ति होती है जो क्रय पावर होती है वो छीड़ होती हुई दिखाई पड़ रही है परिवारजनों मित्रों से कुछ मतभेद और बात विवाद सेकेंड हाउस कर रहा हूँ कराएगा सेकंड हाउस देखिए वाड़ी का होता है तो आप कुछ ऐसा बोल देंगे कि वाद विवाद हो जाए अपने जुबान पर अपने जिब्बा पर आपको अपने घर में अपने कार्य क्षेत्र में आपको काबू रखना पड़ेगा आपके ऊपर कोई मानहानि हो सकती है एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि पेट से रिलेटेड कब्ज से रिलेटेड अपच से रिलेटेड आपको इस माह दिक्कत आनी ही आनी है ये आप लोग लिख लीजिए पठन पाठन अध्यापन में आपका मन नहीं लगेगा 21 नवंबर के बाद से मास के अंत तक की सभी प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति धन की प्राप्ति होगी अट्ठारह से 30 का भी समय काफी अच्छा आप लोगों का रहेगा भोग तथा विलासता की सामग्री में वृद्धि होगी परिवार से आर्थिक सुख आपको मिलेगा लेकिन कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आपको सफलता नहीं मिलेगी ये बिल्कुल फैक्ट है दर्शकों दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले प्लीज आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि एक हमारे जो है इस परिवार के शिवम जी हैं उनका राजनीति से जुड़ा हुआ चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देख सकते हैं इन स्क्रीन पर भी लगा दे रहे हैं तो उनके चैनल पर जा करके आप लोग विजिट कर लीजिए काफ़ी कुछ अच्छी शिक्षा जहाँ से मिलनी चाहिए शास्त्र कहता वहीं से लेना चाहिए तो आप लोग जा करके उनका चैनल भी देखिए सब्सक्राइब कर सकते हैं वृषभ राशि के जात को सब कुछ तो हमने बता दिया राम कहानी लेकिन अब आप कहेंगे कि पंडित जी आपने तो हमको डरा दिया तो सच कड़ुआ होता है हम बहुत अच्छा बोल करके अपने जो है इस वीडियो पर बहुत अच्छा व्यू नहीं लेना चाहते हैं कम बोलेंगे अच्छा बोलेंगे जिससे आपको लाभ हो उपाय भी हम आपको बताएंगे उपाय बताएंगे कुछ चीज़ें कम होंगी अगर आप उपाय कंटिन्यू करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी लेकिन यदि आप दवा ही नहीं खाएंगे तो कैसे आपकी पीड़ा आपकी बीमारी दूर होगी तो उपाय आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा शनि की ढैया चल रही है चौबीस जनवरी तक ये शनि आपको परेशान करेगा तो आपको करना क्या रहेगा दशरथनि स्रोत का आपको नियमित रूप से पाठ करना रहेगा पीपल के वृक्ष पर जी हाँ पीपल के वृक्ष पर आपको जाना है प्रातःकाल और जल अर्पण करना रहेगा सादा जल अर्पण करिएगा उसमें कुछ मत डालिएगा और सायंकाल के समय एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक चौमुखी चौमुखी का मतलब हो गया कि चारों दिशाओं से आपकी मान सम्मान आए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आपको जलाना रहेगा दूसरा प्रयोग एक हम आपको बता रहे हैं हर बृहस्पतिवार को आपको पुरुष सूक्त का पाठ करना रहेगा और विष्णु सहस्त्र नाम यश से स्मरण मात्रा जन्म संसार बंधनात जिसके स्मरण मात्र से ही जन्म के जन्म जन्मांतर के सारे बंधन खुल जाते हैं तो ऐसे भगवान विष्णु का आपको पाठ करना रहेगा आ, और दर्शकों एक बात बता दें कि यदि हो सके तो नियमित रूप से सूर्य देव को आप अर्घ दीजिए सूर्य नीच के हैं प्रशासनिक क्षेत्र में है तो किसी भी प्रकार के जो है दो नंबर का जो पैसा चलता है उससे आप लोग दूर रहिए का अन्यथा कारागार कारागार जाने के योग भी बन रहे हैं तो आपको सूर्यदेव को जल देना है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है आपका स्वास्थ्य सही रहे हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना तो इसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जो है प्रतिदिन जाप करना रहेगा आप अपने कार्यक्षेत्र में बैठकर कर सकते हैं सुबह पूजा के समय आप लोग कर सकते हैं दर्शकों यदि संभव हो तो कोशिश कीजिएगा कि सोमवार वाले दिन दूध में काला तिल डालिए और ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराइए ये सारे उपाय यदि आप कर ले जाते हैं तो यकीन मानिए आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा पूरा माह आपका बहुत अच्छा बीतेगा और अधिक परेशानी यदि आपको आ रही है तो अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करवा लीजिए मुंबई में है तो हमसे मिलकर के जो है आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और नहीं तो टेलीफोन के माध्यम से भी आप लोग करवा सकते हैं दर्शकों इस माह के लिए सर्वथा जो शुभ दिवस रहेंगे आप लोग नोट कर लीजिए तो तीन तारीख पाँच तारीख तेरह तारीख अट्ठारह तारीख उन्नीस तारीख चौबीस तारीख २८ तारीख ३० तारीख सबसे ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेंगे प्रतिकूल दिवस पर आ जाते हैं अशुभ दिवस पर आ जाते हैं तो एक तारीख छः तारीख सात आठ तारीख दस ग्यारह हो गया आपका पंद्रह सोलह सत्रह उसके बाद बाईस तारीख और छब्बीस तारीख ये जो दिवस है ये आपके लिए प्रतिकूल रहेंगे इसमें आप लोग किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को मत करिएगा इस माह के लिए सर्वथा जो लकी कलर आपके लिए रहेगा ये आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर और दूसरा जो कलर आपके लिए रहेगा सर्वथा शुभ ये आपके लिए रहेगा वाइट कलर इन दोनों कलर का प्रयोग करके रंगों का प्रयोग करके अपने जीवन में शुभता घोल सकते हैं दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइए और पुनः आप लोगों से निवेदन करते हैं कि वार्षिक राशिफल दो वृषभ राशि का हमारे इस चैनल पर पड़ गया है आप लोग जा करके देख सकते हैं सिक्वेंस वाइज उसको हमने बनाया हुआ है शिवम जी का चैनल राजनीति आप लोग जा करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे पर्सनली मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार